भाई भाई भाई सुन, जल्दी बता बहुत तेज आ रहा है, है? है? कितना कितना पढ़ पढ़ गया क्या भाई, तुम गलत आदमी पूछ रहे हो मैं तो भी ना पता कि पेपर किस चीज का है वैसे पेपर की Chemistry. केमिस्त्री। केमिस्त्री। पेपर चीज का? कौन सा अच्छा ऐसा होएगा रहेगा भाई? भाई, चल कोई तुम पढ़ लो खाया एक्स्ट्रा शीट देख कितना घटिया आदमी है अभी सुबह पूछ रहा था कौन सा पेपर है अब खुद एक्स्ट्रा शीट मांग रहा है। अरे नाम बेगैर इंसान तेरे जैसे लोग सोसाइटी पे धब्बा पर धब्बाए अरे भाई ज्यादा टेंट है तो करो मत पेपर में कुछ भी ना है। रुमाल लेके आए बात पूछे क्या तब